आज हम डीजी लॉकर के बारे में बताएंगे कि डीजी लॉकर में अब आप लोग अपना यूनिवर्सिटी हो या कोई भी महाविद्यालय आप उसका जो है मार्कशीट वग़ैरह डाउनलोड कर सकते हैं तो अभी हाल ही में जो मार्कशीट आई है एलएलबी एल सिक्स सेमेस्टर से की तो मैं आपको मार्कशीट डाउनलोड करके बताता हूं कि आप किस प्रकार से इस महाविद्यालय की डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए इसका हम पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डिजी लॉकर अकाउंट पे जाना है उसको ओपन करना है डीजी लॉकर अकाउंट ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं ईशू डेंट तो यहाँ पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट ईशू करेंगे या डाउनलोड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमने जो जो भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें तो वो इस प्रकार हैं तो आपको अपना महाविद्यालय का जो भी मार्कशीट है वो डाउनलोड करना चाहे वो बी ए, भी ए या किसी की भी हो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यह सर्च इस सर्च पर जाना है और सर्च पे जाने के बाद आपको इस सर्चिंग ऑप्शंस उप्स में सर्च करना है जब मान लीजिए हमारी जो भी यूनिवर्सिटी हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी कोई भी हो वो आपको यहाँ पे सर्च करना है तो हमारी प्रोफ़ेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है तो मैं यहाँ पर उसको सर्च करूँगा तो आप देख सकते यहाँ पर प्रोफ़ेसर राजेंद्र सिंह रज्जु भैया यूनिवर्सिटी ये आ गई है डिप्लोमा मार्कशीट जहाँ डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट तो आप इसमें टच करें और टच करने के बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है उसके बाद ये यर यहाँ पे आपको यर सेलेक्ट करना है उसके बाद ये सेमेस्टर तो चलिए दोस्तों हम कर देते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना रोल नंबर भी दर्ज कर दिया है उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हमने दर्ज कर दिया है जिसको इनलमेंट नंबर भी कहते हैं यूनिवर्सिटी का तो आपके रिजल्ट में होगा या आपके प्रवेश पत्र में तो आप उसको देख कर के डाल सकते हैं उसके बाद आप ये दे सकते हैं यर आपने किस ईयर में जो भी सेमेस्टर हो या आपका जो फाइनल का रिज़ल्ट हो वो आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमेस्टर इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देख एलएलबी का जो है रिज़ल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो बीए एलएलबी वाले लोग हैं उनके लिए दस सेमेस्टर होते हैं तो इनमें से जो भी उनका हो वो लोग कर सकते हैं और अगर केवल एलएलबी वाले जो छात्र हैं तो उनके लिए आपको छः सेमेस्टर होते हैं तो आप उनमें से एक दो तीन चार पाँच छः इस छः तक आप आ कर अपना डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए चलिए हम आपको फोर्थ सेमेस्टर का डाउनलोड करके दिखाते हैं क्योंकि अभी फाइव और सिक्स सेमेस्टर अभी निकल नहीं रहा आ तो चुका है रिजल्ट लेकिन अभी सो नहीं हो रहा तो हम आपको फोर्थ सेमेस्टर का डाउनलोड करके बताते हैं तो दोस्तों देखिए ये हमको फोर्थ सेमेस्टर को सेलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद ये आप राइट का निशान जो देख रहे हैं ये ऑलरेडी लगा ही रहेगा डिजी लॉकर पर इसको आपकी लगाने की जरूरत नहीं है उसके बाद गेट डाक्यूमेंट तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट वहाँ पर उनके पास जाएगी डाउनलोड होने की यह आपका फिक्स करेगा फिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट ये आ चुकी है तो इसको हम आपको ओपन करके भी दिखा देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये फो, फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट ये आ चुकी है और इसी प्रकार से आप फाइव सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के जो भी एलएलबी के छात्र हैं जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से जो भी महाविद्यालय जो मान्यता प्राप्त हैं वो अपना मार्कशीट इसमें डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद